सभी का स्वागत है आईन थंडर सक्सेस नाम जो से करते हैं। और पिछले कई सालों का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है और सबसे अच्छी बात यह है कि स्वच्छ छबी के इंसान है कभी इन पर किसी तरह का दाग नहीं लगा काफी पैसा इन्होंने बनाया है और एक बहुत बड़े विजन के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया है पिछले डेढ़ साल से ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एमएलएम बिजनेस के अंदर आने की प्लानिंग कर रहे थे तैयारी कर रहे थे कि कोई ऐसा प्लान हो जिसके साथ हम घर घर जा सके ऐसा प्लान हो जहां लोग अपने इच्छा से जुड़ना चाहे एक ऐसा प्लान हो जो लॉन्ग लाइफ भी चले और ऐसा प्लान हो जहां पर लोगों को कम समय में बड़ी इनकम आए एक बड़े विजन के साथ अभी इनका टारगेट है कि यहां से कम से कम दस लोगों को करोड़पति बनाना है तो एक बहुत बड़े विजन के साथ इन्होंने स्टार्ट किया है अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल एमएलएम कंपनीज और सक्सेस फैमिली प्लेटफॉर्म के अंदर क्या अंतर है तो गई ट्रेडिशनल एमएलएम कंपनीज के अंदर क्या है वही पुराने मॉड्यूल्स चल रहे हैं वही पुराने स्ट्रक्चर्स पर काम हो रहा है लोग बाइनरी पे काम कर रहे हैं लोग मैट्रिक्स पे काम कर रहे हैं जनरेशन प्लान के अंदर काम कर रहे हैं जहां पर लोगों को लाख रुपए कमाने की अगर बात करें तो दो दो साल पांच पांच साल लग जाता है फिर भी बहुत ही कम सक्सेस से रेसिव होता है लोगों की हालत खराब हो जाती है लेकिन वहां पर आसानी से सक्सेस नहीं मिल पाती वहीं अगर हम सक्सेस फैमिली प्लेटफॉर्म की बात करें आईटीएसएफ आईटीएसएफ की की, बात करें, आइनर थंडर सक्सेस फैमिली तो ITSF में क्या होता है कि यहां पर यूनिक मॉडल है नए एल्बोरिजम से प्लान को डिजाइन किया गया है बिल्कुल डिफरेंट है यहां पर कोई भी व्यक्ति यदि ढंग से तीन महीने काम कर लेना भले वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं रखता हो फिर भी सिर्फ तीन महीने के अंदर वो महीने का लाख दो लाख रुपए आराम से बना सकता है और गाइस ये 25 दिनों के अंदर प्रूफ हो चुका है कई सारे लोग हैं जो महीने का लाख दो लाख तीन लाख पांच लाख छह लाख सात लाख रुपए तक पहुंच चुके हैं सिर्फ ये 25 दिनों के अंदर अपने आप में बहुत बड़ी बात है यह इंडिया का पहला प्लान है जो सिर्फ एक से शुरू होकर जेन्युन होने के साथ लीगल होने के साथ कैलकुलेशन के अंदर लोगों को लाखों रुपए महीना दे रहा है वो भी सिर्फ पच्चीस दिन के अंदर इसने रिकॉर्ड बना दिया यह हिंदुस्तान की पहली कंपनी बन चुकी है जो इतने कम समय में सकते हैं एक हजार रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं दो हजार तीन हजार चार हजार पांच हजार रुपए से भी आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं अब जैसे ही आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो यहां सबसे बड़ा जो एडवांटेज मिलता है आपको वह मिलता है पावर ऑफ ग्लोबल टीम इनकम का येस माइडियर फ्रेंड पावर ऑफ ग्लोबल टीम इनकम क्या है इसको समझ लीजिएगा यहां पर क्या होता है कि आप जैसे ही आईडी लगाते हैं तो आप पावर ऑफ ग्लोबल टीम में चले जाते हैं जहां पर आपको चालीस लोगों की टीम कंपनी बनाकर देती है जिसमें से बीस आपके अप लाइन होते हैं एंड बीस आपके डाउन लाइन होते हैं और ये लोग जितनी भी इनकम करते हैं और अपना विड्रॉल लगाते हैं उसका वन परसेंट आपको मिलता है और ये एक बार नहीं बार बार बार बार बार बार लगातार मिलता है और ये आपको जिंदगी भर मिलने वाला है ये कितना मिलेगा आइए इसको थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं हम लोग जैसे मान लीजिए कि आपकी ये चालीस लोगों की टीम जो मिली है अगर ये बहुत अच्छे लीडर्स निकल रहे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रोज का कमा रहे हैं वन यानी हजार आपको भी मिल रहा है तो ये लोग यदि लाख रुपए रोज का कमा रहे हैं तो आप भी चालीस हजार रुपए रोज का कमाओगे नॉन वर्किंग से यदि ये लोग पचास हजार रुपये रोज का कमा रहे हैं तो आप भी बीस हजार रुपये कमाओगे रोज का नॉन वर्किंग से यदि ये लोग पच्चीस हजार रुपए रोज का कमा रहे हैं तो आप भी दस हजार रुपये रोज का कमाओगे नॉन वर्किंग से यदि ये लोग सिर्फ सौ रुपए कमा रहे हैं तो भी चालीस रुपये आप रोज का कमाओगे नॉन वर्किंग से यानी कि कुछ ना कुछ आपको हमेशा आता ही रहेगा कभी दस कभी बीस कभी पचास कभी सौ कभी पांच आता ही रहेगा अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकती है सर मान लीजिए अगर इनमें से कोई भी बंदा काम नहीं करता है तो ये विड्रोल नहीं लगाएंगे तो पैसा कैसे आएगा देखो जैसे आपको चालीस की तीन मिल रही है वैसे इन लोगों को भी मिलती है अब उनके नीचे वाले लोग जब विड्रोल लगाते हैं तो इनको मिलता है फिर ये विड्रोल लगाएंगे तो आपको मिलेगा कम ज्यादा हो सकता है हो सकता है आपको एक रुपए दो रुपये पांच ही आए लेकिन आपको आएगा और जिंदगी भर आएगा ठीक है तो ये रहा नॉन वर्किंग का पावर मैंने आपको बता दिया और इस इनकम को लेने के लिए कंपनी ने कोई कोई कंडीशन नहीं रखा यानी कोई भी व्यक्ति यहां जुड़ता है तो वो हंड्रेड परसेंट पैसे कमाएगा ही कमाएगा हैं तो तो तो तो कि हजार के पैकेज में क्या अंतर है दो हजार पांच हजार में अंतर क्या है दोनों में पांचों में हजार का पैकेज से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको चालीस जो टीम मिली है उसमें से बारह अपलाइन और बारह डाउनलाइन से पैसे आएगा यानी सिर्फ चौबीस लोगों से आएगा यदि आप 2000 के पैकेज से स्टार्ट करते हैं तो आपको 14 अपलाइन एंड 14 डाउनलाइन से पैसे आएंगे यदि आप 3000 के पैकेज से स्टार्ट करते हैं तो 16 अपलाइन एंड 16 डाउनलाइन से पैसे आएंगे यदि आप 4000 से करते हैं तो 18 अपलाइन एंड 18 डाउनलाइन से पैसे आएंगे और यदि आप 5000 के पैकेज से स्टार्ट करते हैं तो आपको बीस अपलाइन और बीस डाउनलाइन यानी पूरे चालीस लोगों से फायदा मिलने वाला है अब आप 1000 से स्टार्ट करके भी सभी का फायदा ले सकते हैं आपको क्या करना होगा बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी जैसे आपने 1000 से ज्वाइन किया और किसी एक व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया तो आपको 12 के जगह 14 अपलाइन एंड 14 डाउनलाइन से पैसा आने लगेगा जैसे ही आप किसी दूसरे व्यक्ति को ज्वाइन कराते हो आपको 14 की जगह 16 अपलाइन एंड 16 डाउनलाइन से पैसे आने लगता है जैसे आप तीन को करवा देते हो तो आपको 18 अपलाइन एंड 18 डाउनलाइन से पैसे आता है और जैसे ही आप टोटल पांच लोगों को ज्वाइन करा देते हैं तो आपको 20 अपलाइन एंड 20 डाउनलाइन यानी पूरे 40 लोगों से बेनिफिट आना शुरू हो जाता है तो ये अंतर है आप हजार से करके भी आप पूरे पूरे बीस अप एंड बीस डाउन का फायदा ले सकते हैं या फिर पांच से करके भी पूरे बीस एंड पूरे बीस अप एंड डाउन का फायदा ले सकते हैं अब जैसे ही आपके बीस अप एंड डाउन आपको इनकम आने लगती है नॉन वर्किंग ओपन हो जाता है सारा आप यहां पे रॉयल्टी अचीवर हो जाते हैं और आपको हर वीक रॉयल्टी भी मिलना शुरू हो जाती है उसकी हम लोग चर्चा एंड में करेंगे रॉयल्टी इनकम की तो गाइस ये था पैकेज के ऊपर बात और ये था ग्लोबल टीम इनकम नॉन वर्किंग और ये जो है पूरा कैलकुलेशन के अंदर है वर्किंग के अंदर नॉन वर्किंग है ये कोई आरओ वाई नहीं है इसको आर ओवाई समझने की गलती ना करें जेनविन प्लान है जो जिंदगी भर आपके साथ देने वाले हैं चलिए अब बात करते हैं सेल्फ टीम इनकम की यहां पर साठ का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने रखा है पहले लेवल पर जो लोग आते हैं उनसे आपको बीस मिलता है दूसरे लेवल पर जो लोग आते हैं उनसे आपको दस मिलता है तीसरे लेवल चौथे लेवल पांचवे लेवल और छठे लेवल पर जब लोग आते हैं उनसे आपको पांच परसेंट मिलता है सातवें आठवें दसवें लेवल से सात और आठ से तीन परसेंट नौ और दस से दो दो परसेंट आपको मिलता है तो ये आपका आ, लेवल इनकम हो गया अब इसको थोड़ा हम लोग कैलकुलेशन के अंदर समझने की कोशिश करते हैं अब मान लीजिए आपने पहले लेवल पर मुझे ज्वाइन कराया मैंने एक से ज्वाइन करा तो आपको बीस यानी दो मिलेगा यदि आपने मुझे 5000 के पैकेज से ज्वाइन कराया तो आपको 20 परसेंट यानी एक हजार रुपए मिलेगा अब मान लेते हैं कि आपने 10 लोगों को ज्वाइन कराया और सारे लोग 5000 के पैकेज से स्टार्ट करते हैं तो 20 परसेंट यानी हजार रुपए के हिसाब से आपकी जो इनकम हो जाएगी वो दस हजार रुपए हो जाएगी राइट अब ये दस लोग आगे मान लीजिए दस दस को ज्वाइन कराते हैं और सारे पांच के पैकेज से आते हैं तो दूसरे लेवल पर दस आपको इनकम आता है जो टोटल अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा पचास अगर ये दूसरे लेवल वाले लोग भी आगे सेम मल्टीप्लिकेशन करते हैं दस दस का पांच हजार की आईडी के ऊपर तो तीसरे लेवल पर आपकी जो इनकम होगी पांच परसेंट के हिसाब से टोटल ढाई लाख रुपए की होगी आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों सिर्फ दस के मल्टीप्लिकेशन पे अगर आप काम कर दिए तो तीसरे लेवल पर ढाई लाख रुपए की इनकम और ये तीसरे लेवल वाले लोग यदि आगे सेम मल्टीपिकेशन करते हैं तो चौथे लेवल पर आपकी इनकम हो जाएगी पच्चीस लाख रुपए माय फ्रेंड आप इमेजिन कर सकते हैं कि सिर्फ 10 की मल्टीपिकेशन बिजनेस हो तो चौथे लेवल के अंदर 25 लाख रुपए की इनकम आने वाली है आपको और यही मल्टीपिकेशन अगर पांचवें लेवल पर हो गया तो आपको ढाई करोड़ रुपए की इनकम आएगी और सेम मल्टीपिकेशन यदि छठे लेवल पर हो गया तो यहां पर आपको 25 करोड़ रुपए की इनकम आने वाली है अब अनुमान लगाओ अगर 100% परसेंट बिजनेस हो गया तो छठे लेवल से पच्चीस करोड़ आने वाले हैं लेकिन हंड्रेड बिजनेस कहीं नहीं होता अगर हंड्रेड नहीं हुआ मान लो पचास परसेंट भी हो गया तो भी आपको साढ़े बारह करोड़ आ जाएंगे मैं बोलता हूं पचास परसेंट भी नहीं हुआ सिर्फ दस परसेंट हुआ तो भी आपको यहां से ढाई करोड़ आ जाएंगे और माई डर फ्रेंड अगर नेगेटिव मान के चलते हैं कि सिर्फ वन परसेंट बिजनेस हुआ तो भी आपको यहां से पच्चीस लाख रुपए आ जाएंगे वह भी सिर्फ छठे लेवल से बाकी लेवल की बात हम छोड़ देते हैं तो गाइजी आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा इनकम आने वाला है और सातवें आठवें लेवल पर चूंकि टीम और बड़ी होती है तो वहां इनकम और बड़ी हो जाती है नवे, लेवल पर और बड़ी होती है तो वहां भी इनकम और ज्यादा बड़ी हो जाती है तो गाइज ये था लेवल इनकम चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके अगले इनकम की जो है डेली सेल्फ टीम इनकम जो बहुत ही ज्यादा शानदार इनकम है और ये इसका सबसे खूबसूरत इनकम है और ये इनकम मुझे बताने में भी बहुत मजा आता है क्योंकि ये इनकम आता है तो ज्यादा मजा आता है यहां पर क्या होता है आप जो टीम बना रहे हो वो लोग जब विड्रॉल करते हैं तो आपके लेवल के हिसाब से आपको उनसे कमीशन आता है अब मान लीजिए कि आपने यहां पर पहले लेवल पर पांच लोगों को ज्वाइन कराया है ठीक है और ये पांच लोग ये पांच लोग मान लीजिए रोज का हजार रुपए कमा रहे हैं तो ये जब विड्रॉल करेंगे तो इनकी विड्रॉल अमाउंट का 20% आपको भी मिलेगा तो अगर ये पांच लोग हजार रुपए कमा रहे हैं तो दो दो करके आपको आएंगे यानी कि आपकी जो इनकम हो जाएगी एक हजार रुपए रोज की हो जाएगी और एक हजार रोज मतलब महीने का कितना हो गया तीस हजार रुपए माइडियर फ्रेंड हमारे साथ कई सारे साथी हैं जो अभी महीने का तीस से ज्यादा कमा रहे हैं वो भी सिर्फ चौबीस पच्चीस दिनों के अंदर उसके बाद ये पांच लोग यदि आगे सेम मल्टीपिकेशन करते हैं पांच पांच का और ये दूसरे लेवल वाले लोग भी यदि सिर्फ एक हजार रोज का कमाते हैं तो यहां पर आपकी जो इनकम हो जाएगी रोज की वो ढाई हजार रुपए की हो जाएगी और माइग्रेफन पहले लेवल से जो आ रहा था वो भी जुड़ जाता है तो ढाई और पहले लेवल वाला एक दोनों मिलकर साढ़े आपकी रोज की इनकम स्टार्ट हो जाती है तो आप अनुमान लगा सकते हैं साढ़े रोज महीने का कितना हो गया एक लाख से ऊपर आपकी सिर्फ 30 लोगों की टीम बनी और ये 30 लोग यदि एक हजार रुपए कमा रहे हैं तो आप महीने का एक लाख रुपए से ज्यादा कमाना शुरू कर देते हैं और माय डेर फ्रेंड चूंकि मैं भी प्रोडक्ट बेस में कई साल तक काम किया हूं दूसरे जगहों पर एक लाख रुपए महीने कमाने के लिए कहते हैं कम से कम पांच साल देना ही पड़ेगा मैं किसी को भी यह गारंटी करता हूं कि अगर वह थोड़ी सी भी मेहनत कर लेता है ना और ज्यादा नहीं दो तीन महीने काम कर ले ढंग से तो 110 पर उसको महीने का एक लाख रुपए से ज्यादा आने लगेगा क्यों क्योंकि प्लान के अंदर वो पोटेंशियल प्लान के अंदर वो पावर है और आज कई सारे साथी हैं मैं मीटिंग के बाद आपको कुछ लोगों से मिलवाऊंगा जो आज 20-25 दिन के अंदर कितनी शानदार इनकम ले रहे हैं आप खुद देखेंगे अनबिलीवेबल अविश्वसनीय ठीक है थीके? तो यह हो गया दूसरे लेवल का अब ये दूसरे लेवल वाले लोग यदि आगे सेम मल्टीप्लिकेशन करते हैं पांच पांच को ज्वाइन करते हैं और पांच पांच को कराना बहुत आसान है क्यों जैसे आप एक हजार से ज्वाइन करते हो तो आपके बारह लेवल अप एंड डाउन से नॉन वर्किंग आता है आप अपना सारा नॉन वर्किंग का सारे के सारा लेवल का इनकम लेने के लिए पांच डायरेट करते हो फिर वो पांच अगर अपना सारा लेवल का इनकम लेने के लिए पांच डायरेट करते हैं तो ऑटोमेटिक टीम बन जाती है आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है और उसके बाद पांच डायरेट करने से रॉयल्टी भी अचीव हो जाता है सारे लेवल भी ओपन हो जाते हैं तो आप आसानी से किसी को भी हजार करके उनको कह सकते हो पांच डायरेक्ट कर लो तो आपके सारे जो है ना यहां लेवल भी ओपन हो जाएंगे रॉयल्टी भी अचीव हो जाएगी और आपको आने लगेगी तो ये दूसरे लेवल वाले लोग यदि पांच पांच का मल्टीपिकेशन करते हैं तो तीसरे लेवल पर एक की टीम बनेगी और ये लोग भी यदि सिर्फ एक हजार रोज का कमाएंगे ओनली वन तो आपकी जो डेली की इनकम होगी यहाँ पे वो होगी छह अब साथियों अगर ये ये तीनों लेवल की इनकम हम जोड़ दें तो ये हो जाता है करीब नौ हजार सात सौ पचास रुपए और गाइस हमारे कई सारे साथी हैं जो आज इस इनकम को क्रॉस कर चुके हैं इससे ज्यादा इनकम रोज का ले रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितना जबरदस्त प्लान है और ये कोई आर प्लान नहीं है कि दो तीन महीने आया काम खत्म ये जेन्य Calculation वाला प्लान है जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आपके साथ चलेगा जैसे हम लो जाओगे। राइट? उसके बाद ये तीसरे लेवल वाले लोग के यदि आगे पांच पांच को ज्वाइन करवाते हैं और वो लोग भी एक एक हजार रुपए रोज का कमाते हैं तो आपकी जो डेली की इनकम होगी चौथे लेवल से वो इकतीस हजार दो सौ पचास रुपए की हो जाएगी इकतीस हजार दो सौ पचास रुपए रोज का रोज की बात कर रहा हूं मैं आप इमेजिन कर सकते हैं अगर ऊपर के लेवल की जोड़ दूं तो लगभग दस हजार वहां से हो जा रहा है मतलब लगभग चालीस हजार रुपए रोज की इनकम महीने का कितना हो गया बारह लाख रुपए और पॉसिबल है लोग ले रहे हैं आने वाले समय में आप देखेंगे लोगों की इनकम देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएगी इतना जबरदस्त इनकम लोग लेने वाले हैं आने दो तीन महीने के अंदर ठीक है अब ये चौथे लेवल वाले लोग यदि आगे सेम पांच पांच का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और ये पांचवे लेवल वाले लोग भी एक हजार रुपए रोज का कमाते हैं तो आपकी जो डेली की इनकम होगी वहां से वो एक लाख छप्पन हजार दो सौ पचास रुपए रोज की हो जाएगी और ऊपर के चार लेवल से आपको मिलाकर के चालीस हजार आ रहे हैं यानी लगभग दो लाख आपकी रोज की इनकम महीने के साठ लाख और गाइस आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर दो चार महीने के अंदर आप देखेंगे कि रोज का यहां से लोग लाख दो लाख पांच लाख रुपए लेना शुरू कर चुके हैं क्योंकि तो 30 चालीस हज़ार तो अभी लेना शुरू कर चुके हैं लोग राइट तो इस तरह से ये पांच पांच का मल्टीपिकेशन अगर हो गया 100 परसेंट मान लो 10 लेवल तक तो दसवें लेवल के अंदर आपकी जो टोटल इनकम हो जाएगी रोज की वो चौबीस करोड़ चौरानवे लाख सोलह हजार रुपए हो जाएगी और यहां चूंकि प्लान कैलकुलेशन के अंदर है तो कोई कैपिंग नहीं है ये पूरी की पूरी इनकम भी अगर आपको आती है तो आपके पास आएगी कोई इश्यू नहीं आने वाला राइट लेकिन देखो हंड्रेड बिजनेस कहीं नहीं होता मैं बोलता हूं हंड्रेड नहीं हुआ अगर फिफ्टी हो गया तो फिफ्टी में नहीं हुआ अगर दस भी हो गया तो पच्चीस तो करोड़ लगभग हो रहे तो दस यानी ढाई करोड़ रुपए रोज का अगर नेगेटिव मान के चले वन भी हो गया तो भी 25 लाख रुपए आपको रोज के आने वाले हैं यहाँ से तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी इनकम आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो अविश्वसनीय अभी लोग 25 दिन के अंदर जो लोगों की इनकम दिख रहे हैं ना तो लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा कि सच में बता रहा हो या बस ऐसा ही रियली लोग बहुत बड़ा इनकम ले रहे हैं यहाँ से राइट तो ये डेली इनकम हो गया अब हम लोग बात कर लेते हैं रॉयल्टी इनकम की रॉयल्टी इनकम लेना बहुत आसान है क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती अगर आपने एक हजार से ज्वाइन किया है तो पांच लोगों को ज्वाइन करा दीजिए आपके जैसे बीस लेवल अप एंड डाउन ओपन हो जाते हैं नॉन वर्किंग वाले तो आप यहाँ से रॉयल्टी अचीवर हो जाते हैं या आपने पांच हजार से अगर अपनी आईडी को एक्टिवेट किया है तो आपके बीस लेवल ऑटोमेटिक ओपन जाते हैं तो भी आप रॉयल्टी अचीवर हो जाते हैं और यहां पर कंपनी क्या करती है अपनी ज्वाइनिंग अमाउंट कर अपना जो है दस रॉयल्टी फंड में डालती है और इसकी क्लोजिंग होती है हर बृहस्पतिवार को शुक्रवार से बृहस्पतिवार तक इस एक हफ्ते में जितना बिजनेस आता है उसका दस परसेंट रॉयल्टी फंड में जमा होता है और जितने लोग ये रॉयल्टी अचीवर होते हैं ना उनमें बराबर बराबर बढ़ जाता है ठीक है और इसको लेने के लिए आपने कम से कम एक डायरेक्ट करना होता है ठीक है और ये कितना आता है तो देखो ये पांच से हजार के बीच में एवरेज आता है टर्न ओवर बढ़ने पर और बढ़ सकता है ठीक है और यहाँ पर क्या है आप जिस वीक एक डायरेक्ट करोगे उस वीक रॉयल्टी मिलेगा जिस वीक नहीं करोगे डायरेक्ट उस वीक आपको नहीं मिलेगा तो ये एक्टिव रॉयल्टी है अब मान लो अगर मैं बोलता हूँ जैसे पिछले हफ्ता साढ़े छो आया था उसके प्ले सात सौ आया साढ़े सात सौ आठ सौ भी आता है तो यार बहुत है कम नहीं होता एक हजार से आपने एक डायरेक्ट मारा दो सौ रुपए हजार रुपये की बात है? कर लेते हैं यहाँ डेली क्लोजिंग है रात में ग्यारह पचास की क्लोजिंग जाती है और आप डेली विड्रोल ले सकते हो और मिनिमम विड्रोल यहाँ सौ का है यानी एक चीज इस बात से पता चलता है कंपनी चाहती है कि लोगों को यहाँ पर इनकम मिले राइट कंपनी चाहती है लोगों को इनका मिले बहुत सारे जगहों पे आपने देखा होगा पांच पांच सौ रुपये पे आपको विड्रॉ लगाते हैं लोगों का बहुत सारे लोगों का पांच सौ होता ही नहीं वो विड्रोल लगा ही नहीं पाते यहाँ क्या होता है लोग ज्वाइन करते हैं आज और आज की आज ही उनका सौ दो सौ रुपये बन जाता है अगले दिन वो विद्रॉल लगाते हैं उनके अकाउंट में पे पेमेंट घुस जाता है वो खुश हो जाते हैं और ज्यादातर लोग काम करना शुरू कर देते हैं ठीक है कैसेम फॉर बैंक विड्रॉल आप अपना अकाउंट डिटेल्स अपडेट करेंगे तभी जाके विड्रॉल होगा अकाउंट डिटेल्स में आप प्रोफाइल में जाके अपना सिर्फ अकाउंट डिटेल्स डाल देंगे बैंक का विड्रॉल आप ले सकते हैं और यहां पे एक और ऑप्शन है आप अपने कमीशन से पिन भी जनरेट कर सकते हैं ठीक है जैसे मान लो एग्जांपल आपका 500 का कमीशन बना है तो आप बोलोगे सर 500 में तो आईडी एक्टिवेट नहीं होती है तो बाकी का फंड आप अपने अपलायस से लो लो और अपना आईडी एक्टिवेट कर लो ठीक है और ये फंड ट्रांसफरेबल भी होता है एक आडी दूसरे आडी पे ट्रांसफर भी कर सकते हो ठीक है दो तीन आईडी मिलाकर भी जो है आप आईडीवेट कर सकते हो अब थोड़ा सा विद्रोल की बात कर लेते हैं आप जो विड्रो लगाओगे उससे पहले ना आप जब फर्स्ट टाइम विड्रो लगाओगे तो अपना प्रोफाइल के अंदर जो बैंक डिटेल्स डाला है आपने उसको अच्छे से चेक कर लेना बहुत बार क्या होता है आप कोई अकाउंट नंबर में कुछ मिस्टेक डाल देते हो कभी कभार आप आईएफएससी कोड में कैपिटल के जगह स्मॉल लेटर में डाल देते हो कभी आप जीरो की जगह ओ डाल देते हो तो इन सब की वजह से क्या होता है ना आपका पेमेंट जो है रुक जाता है फिर आपको उसको पेंडिंग पेमेंट में क्लियर कराना होता है फिर टाइम लग जाता है थोड़ा तो आप बैंक डाल सकते में बहुत ज्यादा सावधानी बरतें और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप देखेंगे अगर आपका बैंक में काफी दिनों से ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो बैंक आपके अकाउंट को होल्ड कर देता है तो उस केस में भी क्या होता है कि भाई कंपनी तो यहाँ से पेमेंट भेज देती है लेकिन आपके अकाउंट में नहीं आता तो आप अपने अकाउंट को देख लेके बिल्कुल सही है चालू है और अगर होल्ड हो भी जाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है फिर आप कंप्लेन करते हो फिर वो वहां से उसको क्रॉस चेक करके आपका जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करके आपके अकाउंट में पेमेंट भेज देते हैं ठीक है अर्ली मॉर्निंग आप जो है विड्रॉल लगा लीजिए 6, 7, 8, 9 बजे तक 10 बजे तक 10 बजे तक जितना विड्रोल लगाते हैं फिर वो वहां से पेमेंट निकल जाता है और आज जो आपने विदड्रोल लगाया है वो आज की आज ही घुस जाता है सेम डे आपका जो है पेमेंट आपके अकाउंट में चला जाता है ठीक है आज विड्रोल मारा आज की आज, आज आपके अकाउंट पेमेंट उसके बाद नो डायरेक्ट रिक्वायर्ड फॉर विड्रॉल एंड नो नीड टू अपग्रेड विड्रोल लेने के लिए किसी तरह की डायरेक्ट की कोई जो है ना यहाँ पर कंपल्सरी नहीं करी गई है बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा कि भाई आपका जो कमीशन बन रहा है अगर इसको लेना है तो आपको कम से कम दो डायरेक्ट करना होगा एक करना होगा चार करना होगा पांच करना होगा यहां अगर आप किसी को भी नहीं ज्वाइन कराते हो फिर भी आपको जो है यहां पर विड्रो देगा नहीं तो फिर भी राइट ठीक है ना और उसके बाद कोई अपग्रेड का सिस्टम नहीं है बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं के भी होंगे और इसमें क्या होता है आप कमाते हो उसका 50 80 वो फिर से बोलते अपग्रेड कर दो उसके बाद जो है ना आपका नेक्स्ट लेवल खुलेगा नेक्स्ट लेवल इनकमाया ने हजार रुपए कमाओ तो पता चला 500 रुपए अपग्रेड में डाल दिया दस कमाया तो पता चला आठ अपग्रेड में डाल दिया दो लाख कमाया तो पता चला डेढ़ लाख अपग्रेड में डाल दिया एक बंदे से मैं कुछ समय बोला सर मैं दुपया कमाया मैंने बोला वाह अप्रेड तो, तो दस आपके पास बैंक बैलेंस होगा सर वो तो फिर आठ लाख रूपये ना दो लाख बचा मैंने बोला चलो ठीक है एक बार एक हजार रुपए लगाओगे और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपके अकाउंट में पेमेंट आएगा जाने का कुछ नहीं कोई सिस्टम रखा कंपनी ने ठीक है नो एनी हिडन चार्जेस किसी तरह कोई हिडन चार्जेस नहीं रखा गया ठीक है छब्बीसिंग हाँ, से आप लगना होगा, तो होगा हो हो, एडमिन फी जो है आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा और कभी नहीं होगा ठीक है तो यह भी एक जेन कंपनी की निशानी है उसके बाद पचास परसेंट इनकम विल भी रिलीज एंड फिफ्टी परसेंट इनकम विल बी री इन्वेस्ट इन ग्लोबल एंड सेल्फ टीम एज पर प्लान इसको थोड़ा सा तो पचास परसेंट आपके अकाउंट में आप एक बार टीम बनाते हो और उसी को बार बार बार बार इनकम आती है मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको डेली टीम इनकम दिखाया था ना उसमें इसी, बार, इसी का बताया गया था अब लेकिन क्या है जिंदगी भर आपको पचास परसेंट नहीं आता आप जैसे ही बीस हजार रुपए अर्न कर लेते हैं आपको 60% का विड्रोल मिलने लगता है और आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा लेवल मिलता है जिसका नाम है प्लेटेनियम आप प्लेटेनियम लेवल अचीव कर लेते हैं और विड्रोल आपका 60% होने लगता है उसके बाद जैसे ही आप टोटल चालीस कर लेते हैं आपको एक खूबसूरत लेवल मिलता है रूबी आप रूबी अचीवर हो जाते हैं और आपको सत्तर परसेंट मिलने लगता है ठीक है और जैसे ही आप टोटल एक लाख रुपए अर्न कर लेते हैं तो आपको 80 परसेंट विड्रॉल मिलने लगता है बाकी पैसा जो है वो अपलायंस में बढ़ जाता है और 80 परसेंट मिलने के साथ साथ आपका बहुत ही सुंदर सा लेवल यहां मिलता है आपको जिसका नाम है डायमंड और गाइज डायमंड बनने के बाद बहुत मजा आता है क्योंकि आप एक लाख रुपए अर्न कर चुके होते हैं आप सिस्टम से लखपति बन चुके होते हैं और कई लोग आज पच्चीस दिनों के अंदर यहाँ से डायमंड क्वालिफाई कर